अस्सलाम नाजरीन केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का नाम सुनते ही आपको गैबर और एंटोनी लवैशर का नाम जहन में आता होगा दोनों ने ही रसायन विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया बहुत से लोग इतिहासकार एंटोनी लवैशर को आधुनिक विज्ञान यानी मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर यानी रसायन विज्ञान का पिता मानते हैं इसमें कोई शक नहीं उन्होंने केमिस्ट्री साइंस को एक नई मुकाम तक ले गए लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि एंटोनी लवेशियर का जन्म 26 अगस्त 1743 ईस्वी में पेरिस यानी फ्रांस में हुआ और उनकी मृत्यु 8 मई सतारह सौ चौरानवे ईस्वी में हुआ जिनके नाम को रसायन विज्ञान को आठवीं शताब्दी में सराहना मिला लेकिन आपको मैंने एक नाम और बताया था जिसका नाम गैबर था क्या आप लोगों को मालूम है इनका पूरा नाम अबू मूसा जाबिर इबन हयान है जिन्हें पश्चिमी देशों यानी यूरोपीय देशों में गैबर के नाम से जाना जाता है आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि आज से हजार साल पहले ही अबू मूसा जाबिर इब्न हयान अल अलदी जिसे कभी कभी अलरानी और अलसूफी कहा जाता है को अरब रसायन शास्त्र का पिता और आधुनिक फार्मेसी के संस्थापकों में से एक माना जाता है आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि केमिस्ट्री वर्ड यानी रसायन शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है जो यूरोपीय भाषाओं में विभिन्न रूपों में पाया जाता है कीमिया यानी किमिया अरबी शब्द किमिया या अलकीमिया से निकला है आप लोगों को एक बात और बता दूं कि कुछ टेक्निकल टर्म जैसे कि एलकली यानी छार जाबिर द्वारा ही पेश किया गया था या नाम दिया गया है जाबिर का जन्म 721 ईस्वी में ईरान के खुरसान प्रांत के तुस शहर में हुआ था उनके पिता हयान अल अजदी यमन में अरब आजाद जनजाति के एक अतर दवा या फार्मिस्ट थे जो उमैत खलीफा के दौरान यमन से खूफा वर्तमान इराक में चले गए थे हयान ने उमैदों के खिलाफ अभासित विद्रोह का समर्थन किया और खुरसान प्रांत यानी वर्तमान ईरान चले गए जहां जाबेर का जन्म हुआ उमैदों द्वारा हयान के पकड़े जाने और मार दिए जाने के बाद परिवार यमन भाग गया जाबेर ने यमन में विद्वान हरबी अल हिमायरी के संरक्षण में कुरान गणित और अन्य विषयों का अध्ययन किया अब्बासी राजवंश की सत्ता में आने के बाद वह वा वापस यानी इराक लौट आए यह दावा किया जाता है कि वह प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षक और छठे इमाम जाफर अल सादिक के छात्र बन गए उन्होंने रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री एल्केमी यानी कीमिया फार्मेसी दर्शन यानी फिलोसफी खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोमी और चिकित्सा यानी मेडिसिन सीखी व खलीफा हारून अल रशीद के शासनकाल के दौरान दरबारी कीमियागर बन गए और अपने मंत्रियों के लिए काम करने वाले एक चिकित्सक थे ज़ाबिर। वर्ष की आयु में में में 815 यानी इराक निधन हो गया कुछ लेखकों द्वारा यह दावा किया जाता है कि वह दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी पर 300 पुस्तकें और यांत्रिक उपकरणों यानी मैकेनिकल डिवाइसेस पर 1300 पुस्तकें और रसायन विज्ञान पर यानी अल्केमी पर सैकड़ों पुस्तकें विपुल लेखक थे जाबिर ने अपने जीवन काल में 3000 से अधिक शोध लेख और ग्रंथ लिखे रसायन विज्ञान में योगदान यानी कंट्रीब्यूशन टू केमिस्ट्री जाविर को ज़्यादातर रसायन विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाना जाता है उन्होंने व्यवस्थित प्रयोग पर यानी एक्सपेरिमेंटेशन पर जोर दिया और कीमिया को अंधविश्वास से मुक्त किया और इसे एक विज्ञान में बदलने के लिए बहुत कुछ किया उन्हें कई प्रकार के अवमूल्य रासायनिक प्रयोगशाला उपकरणों यानी केमिकल लेबोरेट्री इक्विपमेंट के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है और वह अब सामान्य रासायनिक पदार्थों यानी केमिकल सब्सटेंसेस और प्रक्रियाओं की खोज जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और मर्करी यानी पारा आसमन यानी डिस्टिलेशन और क्रिस्टलेशन यानी कैल्सलेसन या फिल्ट्रेशन जैसी चीज़ों के को जो नींव बन गए हैं आज की केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग की उन्होंने अल रजी अल अलुग्रई और अल इराकी सहित बाद के अधिकांश इस्लामी कीमगरों के लिए मार्ग प्रदर्शित किया जो कि नॉमी बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी में रहते थे उनके पुस्तकों ने मध्य युगिन यूरोपीय रसायनगो को बहुत प्रभावित किया और दार्शनिक के पत्थर की उनकी खोज को उचित ठहराया उनके द्वारा लिखित किताबें किताब अल-रहमा, अल-कबीर या द ग्रेट बुक ऑफ मर्सी कुतुब अल मिया व बा, अल बालमुआजिन यानी वन एंड ट्वेल्व बुक किताब अलसाबेन यानी द बुक ऑफ सेवेंटी किताब अल खमस यानी 500 बुक और किताब अलहरा यानी बुक ऑफ बीनस और किताब अल्कीमिया यानी बुक ऑफ केमिस्ट्री किताब अलजहर यानी बुक ऑफ स्टोन्स जैसी सभी पुस्तकों को लेटिन भाषा में अनुवाद किया गया रसायन विज्ञान में पहला आवश्यक उन्होंने घोषणा कि, कि यह कि आपको व्यवहारिक कार्य करना चाहिए और प्रयोग करना चाहिए क्योंकि जो व्यवहारिक कार्य नहीं करता और ना ही प्रयोग करता है वह कभी भी कम से कम महारत हासिल नहीं करेगा इस अविष्कार का श्रेय जाविर को दिया जाता है और कई रासायनिक उपकरणों का विकास जो आज भी उपयोग किया जाता है जैसे कि ओलम्बिक जिसने आसमन को आसान सुरक्षित और कुशल बना दिया आसवन प्रक्रिया यानी डिस्टिलेशन प्रोसेस द प्रोसेस कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इंटू बेपर डैट इज सब्सेंशली कंडेंसड बैक टू लिक्विड फॉर्म यानी आसवन एक तरल को बाश् में बदलने की प्रक्रिया जो संघनित होकर तरल रूप में वापस आ जाती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ विभिन्न लवणों को मिलाकर मिला जाविर ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक से और नाइट्रिक एसिड सल्ट पीटर से की खोज की दोनों को मिलाकर उन्होंने एक्वारेजिया का अविष्कार किया जो उन कुछ पदार्थों में से एक है जो सोने को भंग कर सकते हैं यानी सोने की निकासी और शुद्धिकरण के लिए इसके स्पष्ट अनुप्रयोगों को अलावा यह खोज अगले हजार वर्षों के लिए किमियग्रो के सपनों और निराशा को बढ़ावा देगी आपको जानकर हैरानी होगी कि जाबिर ने साइट्रिक एसिड नींबू और अन्य कच्चे फलों का खटक खट्टा घटक एसिटिक एसिड सिरका से और टाइट्रिक एसिड शराब बनाने वाले अवशेषों से की खोज का श्रेय दिया जाता है जाविर ने ही एक सिद्धांत का सुझाव दिया जिसमें कहा कि धातुएँ सल्फर और पारा से बनी होती हैं इन दोनों पदार्थों की मात्रा में परिवर्तन करने वाले आपको एक नई धातु प्राप्त होती है जाविर ने अपने रासायनिक ज्ञान को कई निर्माण प्रक्रियाओं में सुधार के लिए लागू किया जैसे कि स्टील और अन्य धातु बनाना जंग को रोकना सोना उत्तरीखंड करना यानी इनग्रेविंग गोल्ड रंगाई यानी डाइंग जलरोधक कपड़े यानी वाटर प्रूफिंग क्लोथ्स चमड़े को कम करना यानी टैनिंग लेदर और वर्णक अन्य पदार्थों का रासायनिक विश्लेषण यानी द केमिकल अनलाइसिस ऑफ पिगमेंट्स एंड अदर सब्सटांसिस उन्होंने लोहे द्वारा उत्पादित हरे रंग का मुकाबला करने के लिए कांच बनाने में मैगजेंडाईक्साइड का उपयोग विकसित किया यह एक प्रक्रिया जो आज भी उपयोग की जाती है उन्होंने नोट किया कि उबलती शराब एक ज्वलनशील वाष्प छोड़ती है इस प्रकार अलरजीन की इथानोल की खोज का मार्ग प्रशस्त करती है धातुओं और अधातुओं यानी मेटल और नॉन मेटल के आधुनिक वर्गीकरण के बीच उनके रासायनिक नामकरण में देखे जा सकते हैं उन्होंने तीन श्रेणियों का प्रस्ताव रखा है यानी तीन कैटेगरीज पहला स्प्रिट जो गर्म करने पर वाष्पित हो जाती है जैसे कपूर आर्सैनिक और अमोनियम क्लोराइड दूसरी श्रेणी धातु यानी मेटल्स जैसे सोना चांदी सीसा तांबा और लोहा और तीसरी श्रेणी पत्थर यानी स्टोन्स जिन्हें पाउडर में बदला जा सकता है मध्य युग में रसायन शास्त्र पर जाविर के ग्रंथों का लैटिन में अनुवाद किया गया और यूरोपीय कीमियाग्रोह के लिए मानक ग्रंथ बन गए इनमें किताब अल कीमिया बुक ऑफ केमिस्ट्री यूरोप में किमिया की संरचना की पुस्तक शीर्षक रॉबर्ट ऑफ चेस्टर द्वारा ग्यारह ईस्वी में अनुवादित और किताब अल यानी द बुक ऑफ सेवेंटी क्रेमोना के जेडार द्वारा अनुवादित और अन्य पुस्तकें जैसे बुक ऑफ किंगडम बुक ऑफ बैलेंस और बुक ऑफ ईस्टर्न मर्की बैथलोट द्वारा अनुवादित किया गया कीमिया में योगदान यानी कंट्रीब्यूशन टू एल्किमी जाबिर खलीफ़ा अल रशीद के दरबार में एक कीमियागर बन गए जिसके लिए उन्होंने किताब अल जोरा यानी द टाइप बुक ऑफ बिनस कीमिया के महान कला पर लिखा जाविर की रसायन विज्ञान जांच तकवीन के अंतिम लक्ष्य जीवन की कृत्रिम रचना के इर्द गिर्द घूमती है कीमिया का शियर ऐसे के साथ एक लंबस संबंध था पहले इमाम अल अबन अली तालिब के अनुसार कीमिया भविष्याणी की बहन है कीमिया में जाबिर की रुचि शायद उनके शिक्षक जाफर अल सादिक से प्रेरित थी और उन्हें खुद सूफी कहा जाता था यह दर्शाता है कि उन्होंने इस्लाम के भीतर रहस्यवाद के तपस्वी रूप का पालन किया जियाविर ने अपनी बुक ऑफ स्टोन्स में कहा कि इसका उद्देश्य हर किसी को भ्रमित करना और त्रुटि में ले जाना है सिवाय उन लोगों के जिन्हें भगवान प्यार करता है और प्रदान करता है ऐसा लगता है कि उनके कार्यों को जानबूझकर अत्यधिक ग्रिड कोड में लिखा गया ताकि केवल वे लोग जो रसायन विज्ञान में दीक्षित थे और समझ सके जाविर की रासायनिक जांच संधावत्विक रूप से पाइथागोरस और नियोप्लाटोनिक प्रणालियों से संबंधित एक विस्तृत अंकशास्त्र पर आधारित थी तत्वों की प्रकृति और गुणों को उनके नाम में मौजूद अरबी व्यंजनों के विदिष्ट संख्यात्मक मानव के माध्यम से परिभाषित किया गया था जो अंत संख्या सतारा में समाप्त हुआ जिसे के छिपे हुए स्वरूपों को रेशो थ्री फाइव रेशो एट में गिरने के बारे में सोचा गया जो हमेशा सतारा के गुणक में जोड़ा गया एरिस्टोटेलियन भौतिकी में यानी एरिस्टोटेलियन फिजिक्स जाविर ने गर्मता यानी हॉटनेस शीतलता यानी कोल्डनेस सूखापन यानी ड्राइनेस और नमी के यानी मॉइस्चर के चार गुणों को जोड़ा प्रत्येक एरिस्टोटेलियन तत्व को इन गुणों की विशेषता थी आग गर्म और शुष्क यानी फायर वाज बॉथ हॉट एंड ड्राई पृथ्वी ठंडी और शुष्क यानी अर्थ कोल्ड एंड ड्राई और हवा गर्म और नम यानी एयर हॉट एंड मोइस्ड यह प्राथमिक गुणों से आया है जो प्रकृति में सैद्धांतिक और साथ ही पदार्थ में भी है मतलब कि दिस केम फ्रॉम द एलिमेंट्री क्वालिटीज विच आर थियोरटिकल इन नेचर प्लस सब्सटांस धातुओं में इनमें से दो गुण आंतरिक और दो बाहरी थे उदाहरण के लिए सीसा ठंडा और सूखा था यानी लीड कोल्ड एंड ड्राई और सोना गर्म और नम था गोल्ड बाश हॉट एंड मॉइस्ट। इस प्रकार जाविर ने सिद्धांत दिया एक धातु के गुणों के उनके सल्फर पारा सामग्री के आधार पर पूर्ण व्यवस्थित करके एक अलग धातु का परिणाम होगा ऐसा लगता है कि इस सिद्धांत ने अलक्सर की खोज की शुरुआत की जो मायावी अमृत है जो इस परिवर्तन को संभव बना देगा जिसे यूरोपीय कीमिया में दार्शनिक के पत्थर के रूप में जाना जाने लगा जाबिर ने चिकित्सा खगोल विज्ञान और अन्य विज्ञानों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया उनकी कुछ पुस्तकों को लैटिन और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया चंद्रमा पर स्थित गैबर क्रिकेट का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है जाबिर द्वारा लिखित पुस्तकें जाबिर इबन हयान के लेखन को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है खलीफा हारून अल रशीद के वजीर बार्माकिट्स को समर्पित 112 सौ समूह में इमराल टेबलेट का अरबी संस्करण शामिल है जो एक प्राचीन कार्य है मध्य युग में इसका लेटिन में अनुवाद किया गया 70 पुस्तकें द सेवेंटी बुक जिनमें से अधिकांश का मध्य युग के दौरान लेटिन में अनुवाद किया गया था इस समूह में किताब अल जहरा बुक ऑफ विनर्स और किताब अल अलजहर यानी बुक ऑफ स्टोन शामिल है द टेन बुक्स द टेन बुक्सिफिकेशन जिसमें पाइथागोरस सुक्रात पलेटो और अस्तुत जैसे किमियगर का वर्णन है द बुक ऑफ बैलेंस यानी संतुलन की पुस्तकें इस समूह में उनका सबसे प्रसिद्ध प्रकृति में संतुलन का सिद्धांत शामिल है यानि थ्योरी ऑफ द बैलेंस इन नेचर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हाँ अगर आपको जाबिर इबन हयान की सीरीज़ देखनी है तो उर्दू और इंग्लिश दोनों में मौजूद है चैनल का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है